महाराष्ट्र में कांग्रेस उद्धव की बड़ी तैयारी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल संघ देखेंगे आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आदित्य ठाकरे के शामिल होने की उम्मीद है उद्धव ठाकरे के गुटवाली शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के एक नेता ने यह जानकारी दी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के सोमवार रात को महाराष्ट्र में प्रवेश किया शिवसेना नेता सचिन अहि ने कहा की आदित्य ठाकरे मराठवाड़ा क्षेत्र का दौरा कर रहे है और कांग्रेस की यह यात्रा भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरेगी सचिन अहि ने कहा कि आदित्य ठाकरे के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है इस संबंध में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से चर्चा करने के बाद ही फैसला किया जाएगा संयोग से इस समय आदित्य ठाकरे मराठवाड़ा क्षेत्र का भी दौरा कर रहे हैं और यह देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या कांग्रेस की यात्रा ठाकरे के कार्यक्रम से मेल खा सकती है। शिवसेना नेता ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के पीछे का विचार सभी को एक साथ लाना है और जाने अनजाने समाज के हर वर्ग के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं अगर वे महाराष्ट्र आ रहे हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए